सो यो वाट्सअप का कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू अदर वीडियो तो जो है ये मेरा पहला गेम प्ले वीडियो है वैसे तो सो so, यहाँ पे मैं गया था और मैं थोड़ा सा ऑफलाइन भी हो गया था तो यहाँ पे देखा ये बंदा ज़मीन में गड़ा हुआ इसको मैंने बाहर निकाला घुसन मार मार के और नोट भी कर दिया और क्ल भी कन्फर्म करूँगा और ये मैं क्ल कर लिया और जाऊंगा मैं घर में इस वाले सामने वाले में और लूटूंगा उसके बाद सीधा निकलेंगे बग्गी लेके किल की तलाश में और यहाँ पे मैंने लूट चुका था बहुत अच्छी लूट मिली थी M4 फोर प्लस एक ए एम और यहाँ पर मैं चढ़ा और सीधा जाऊंगा किल की तलाश में भसड़ मसेगी भसर गाइस यहाँ पे जैसे जाऊँगा तो तो चलो कंफर्म करेंगे यहाँ पे और सीधा निकलेंगे हम किल्स की तालाश में एंड उधर से आता हूँ मैं इधर विलेज के साइड क्योंकि जोन भी इधर ही बना था और मेरे को लगता था कि बंदे भी इधर ही होंगे और सही में बंदे होते भी हैं और देखना कहाँ होते हैं जाते जाते मैं इधर गाड़ी घुमा लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो लगता है इधर नहीं होंगे बंदे पीछे साउंड आएंगे और जो तो है फिर जाता हूँ मैं मोड़ता हूँ गाड़ी करने तो के लिए और होता है है लाल बेग वाला या फिर बाहर बंदे रहा और तो ओ भाई ओ भाई जान रहा उतना इसको मारने के लिए थोड़ा रोटेट देखो ये रुक जाता है पता नहीं तो और दूसरे वाले बंदे को ए से कोई मार देता है जो ऊपर था ये देखो रेड बढ़ी है सो मैं सीधा निकलता हूँ लूट के और जाएंगे सीधा विलेज के साइड सामने बिल्कुल उधर ही आएंगे बंदे चलो चलते हैं और चलेंगे सीधा ड्रॉप के साइड और ड्रॉप तो वैसे अभी अभी था तो सामने एक बंदा रहता है वैसे बॉटी था ये उसको मैं मारूंगा और इधर दो, दो बंदे होते हैं तो रियली और देखो सामने है वो टीपीपी ले रहा है और इसको मारने के लिए देखना सीखाना रस करना और अगर आप किसी पे भी रस करते हो तो देखो उसका मूवमेंट देखो और जो अपना मूवमेंट मोमेंट देखो है में इसको कैसा मारूंगा और और इसको मैं इसको इसको पूरा ही खाऊंगा और मेरे को लगता है सामने इसी का टीम था जिसको मैं अभी करूंगा डैमेज पहुंचेगा इसको वो दिखवाया और इसको मैं मैं ऑल दूंगा एक थी थी बिल्कुल जाएगी। और और ये हेल्थ लगाने के लिए सीधा सीधा में जाता है अंधा so, so, so, तो आप करते हो था, तो ध्यान रखो और लूट के सीधा निकलते हैं यहाँ से बिल्कुल निकलेंगे और यहाँ पे होता है एक बॉट जिसको मैं मारूंगा और जैसे इसको मारूंगा तो साइड से निकलेगी गाड़ी जिसमें दो बंदे होते हैं लगता है वो भी किल की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं देखो कैसे एक मंडी गुजरा के बाहर निकला पड़ा और यहाँ पे मैं आर पी के मेरे अंदर खिसी ये जागे पट्टी थी देखना इसके मैं भाड़ा तीन इसको तो मैं एक से ही मारूँगा यार तो निकला और उसका उस दूसरा बंदा आएगा मेरे राइट से देखना ये मैं चौक के हैरान और सीधा आरपीजी मैं पी जी मारूँगा क्योंकि लेके ही रहूंगा मैं और यहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बंद इसमें होता है AWM और वैसे तो लास्ट ही बंदा बचा था फिर भी मेरा मन कर रहा था इसको AWM से मारू ए लूटता हूँ और यहाँ पे था मैं स्पोर्ट कर रहा था बंदा कहाँ और ये मर जाएगा जौन से यार मेरा मूड ख़राब हो जाता है यार मेरा मन कर रहा था इसको AWM से मारूंगा और ये जौन से ही मर जाएगा सो so, चलो बाय